जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे रात सब चरागों वाली सारे दिन ईद थे चाहती थे चांद पर दूरियों हो क्या फिकर जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे तेरी जुदाइयों में बरसे से बुनना भी सौ दर्द मिलके जिनको रुलाना पाए तुझे भूलना तो चाह लेकिन भूलाना पाए तुझे भूलना तो चाह लेकिन भूलाना पाए जितना भूलाना चाहा जितना भुला चाह तुम उतना याद आए तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला भूलाना पाए तुझे भूलना तो चाह लेकिन भूलाना